बातें बदलाव की बातों का काम नहीं काम यहाँ बातें की नकली है बिकता ये पब्लिक भी जानती मैं भी चिल्लाऊंगा का शांति शुक्रिया बातों पे ध्यान दी सब कुछ बदल के मिलेगी शांति दीवार पे सारी सोच निकाल दी बगावत नहीं ये सोच की क्रांति जो भी हूँ करता सब मां मेरी चाँद दिल में जुमू ते तूफान सी कलम की नोक ही दुनिया को मारती कला को शायद ये दुनिया नहीं जानती कला के जरिए ही आएगी क्रांति कला के जरिए ही आएगा चेंज talking the truth you know I'm a prophet you got money i got consciousness you are so lame you be rapping for fame my game is improving and never the same everyone look at them they want to dance everyone look at them they got a chance damn damn look here again yes i'll be rapping and i am the man कला के जरिए ही आएगा चेंज बदलेंगे लोग और बदलेगा टेन talking the truth you know I'm a prophet पर भाई सच कभी मीठा नहीं होगा ये रैप है पेटेड डेजर्ट नहीं है ना पीछे हटूंगा वो मारेंगे तीन मेरा ये गाना नहीं देखिए भाई क्या है रे म्यूजिक से कला कला के के ही ही आएगी क्रांति आएगा कला कला के के ही ही आएगी क्रांति आएगा सब कुछ कुछ धोखा कर ध्यान न दे अगर किसी ने टोका दे दे रखे अगर किसी ने रोका यही समय और यही है मौका तू होगा चिल्लर और मैं नोटूसोगा चेरे कला के जरिए ही आएगा चेंग बदलेगे लोग और बदलेगा ट्रेन